वाली। आप सभी लोग ज्यादा ज्यादा पटाखे और आजू बाजू वालों का ध्यान रखना पाए सभी लोग को हैपी हैपी वाली चच्चे चच्चे पता मत लेना पाए चुड़ हो जाएगा सब पटाखे चुप हो जाए तो मुझे मत कहना पे। पुष पुष पुष जाएगा। फोड़ना फोड़ना चांदलिया मोटा मोटा बम नहीं फोड़ना होता है, पाई प्रदूषण नहीं करने का भाई।